माफ़ कीजिएगा जनाब मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूँ अजी माफ कीजिएगा जनाब मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूँ मेरी अपनी कहानी है मैं किताबों वाला शब्द नहीं हूँ